सिंगरौली में एक दर्दनाक बस हादसा हुआ जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई इस हादसे में करीब एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र माड़ा और ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है यह हादसा सिंगरौली के माड़ा थाना क्षेत्र का है जहां बारात लेकर जारी बस धरी गाँव में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई यह हादसा सुबह करीब दस पर हुआ घटना के बाद घायलों की चीख पुकार मच गई जानकारी के मुताबिक तीन लोगों की इस हादसे में मौत हो गई दर्जन भर लोग घायल हो गए घायलों को इलाज के लिए